करना रोक दिया है यानी की अब मैं विड्रोवल नहीं ले सकता फाइनली ये जानकारी दिखाऊंगा कि मेरा जो है विड्रोवल फिर से ओपन हो गया है और मैंने एक विड्रोवल ले लिया है तो ये जानकारी पहली होगी दूसरी जानकारी कुछ एंडिकेटर जो है एक्टिव करके किस तरीके से अर्निंग की जाती है विनोमों के ऊपर यह दिखाने वाला हूं तीसरी जानकारी इस वीडियो में यह होगी कि आप लोग जो वीडियो में कमेंट्स करते हो ना बहुत लोगों को रिप्लाई दे पाता हूं बहुत लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाता तो एक वीडियो में एक कमेंट्स लिया जाएगा और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा तो मैं आपसे यह बोल सकता हूं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो में कॉमेंट्स करिए हो सकता है कल की वीडियो में आप ही की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है हम वीडियो में बताएं तो तीनों जानकारी कंप्लीट देख के जाइए बहुत बहुत जो है इंटरेस्ट वीडियो है और बहुत ही हेल्पफुल जो है वीडियो होगी ट्रेडिंग सबसे पहले जो जानकारी देते हैं ना वो आपकी कमेंट्स की देते हैं क्योंकि आप ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जो भी हमारी वीडियो देखते हो तो आपकी वजह से ही हम यहाँ पे बैठे हैं तो मैं इनका जो है नाम बताना चाहूँगा पर्वत जी जो है इनका नाम है हेलो सर मैं चार से पाँच दिन विन करता हूँ और एक दिन मेरा सारा प्रोफिट चला जाता है ऐसा हर बार होता है डिपोज़िट तो बहुत बार किया लेकिन विड्रोवल एक बार भी नहीं कर पाया हूँ टोटल लॉस एक लाख सत्तावन हज़ार है बहुत डिप्रेशन में हूँ सर सेविंग ख़त्म हो गई है तो एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे ये यह बताना चाहूँगा आपने जो कमेंट्स किया है आपको कुछ सोलूसन देना चाहूँगा मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि चार से पाँच दिन आप विन कर रहे हो लेकिन आपके अंदर कुछ कमी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बोलूँगा आपको प्लान के बारे में नहीं पता है ट्रेडिंग के एक्चुअली ट्रेडिंग का एक प्लान होता है गाइस। जब तक आप उस पर नहीं चलोगे तब तक जो है यहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बेनीफिट और लॉस लगा रहता है और आप ज़्यादा जो है प्रॉफिट के चक्कर में अपना लॉस कर बैठते हो तो एक्चुअली एक प्लान होता है उसमें हर चीज़ जो है आप लोगों को समझाई जाती है कि आपको जो है मैक् जो है अगर आपको एक दिन में कितना जो है प्रॉफिट करना है कितना लॉस करना है कितने अमाउंट पे जो है कितनी एक दिन की ट्रेड बैठती है पहली ट्रेड कितने की सेकंड कितने की थर्ड कितने की इस तरीके से जो है पूरा एक प्लान होता है ट्रेडिंग का तो एक्चुअली वो प्लान मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई भी मेम्बर जो है ले सकता है जो भी वीडियो देख रहा है हमारा सब्सक्राइबर ले सकता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिनोमोक और क्यूटेक्स का लिंक है इसके थ्रू अगर आप अकाउंट बना लेते हो तो गाइज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एट शान हेल्प का उस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी आईडी नंबर जो है मुझे सेंड कर देंगे मैं आपको वीआईपी आई ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा वहाँ पर आपको जो है फ्री में जो है कोर्स दिया जाएगा और उस कोर्स में आपको फ्री कोर्स तो आपको मिलेगा ही वहाँ पे ग्रुप में उस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा प्लस जो है आपको जो है यहाँ पर फ्री जो है सिग्नल भी मिलेंगे और फ्री एडवाइस भी मिलेगी यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका भी सलूशन जो है आपको मिलेगा तो नेक्स्ट जानकारी जो है हम आपको हम आपको की कि एक्चुअली हमने किया है या नहीं किया है ऐसे ही तो नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे देखेंगे तिरासी हजार दो सौ उनचास रुपीज है तो आप यहां पे ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं और जैसे ही आप ट्रांजेक्शन पे आएंगे देखेंगे तो अठहत्तर हजार का जो है मैंने विड्रोवल किया है कल ही की तारीख में 13 जून को देख सकते हैं आप अठहत्तर का सक्सेसफुल हो चुका है तो अब हम यहां पे जो है फिर से ट्रेडिंग पे आ जाते हैं अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ अर्निंग ये आप वही अकाउंट है जो आप देख सकते हो मैंने आपको जो है कल भी जो है वीडियो में दिखाया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए ठीक है तो आपको ये पता चल गया है कि विड्रोवल अगर आपका रुक जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है फिर से वो ओपन हो जाता है एक्चुअली वो आपसे जो है कुछ चीज़ जानकारी मांगते हैं तो वो जानकारी आपको देनी पड़ती है अगर आप सही तरीके से जानकारी दे पाते हो तो फिर से ओपन हो जाएगा बिनोमो सपोर्ट पर तो वहीं पर जो है मैंने बात की थी तो एक्चुअली यहाँ पे मैं है कुछ करंसी जो है यहाँ पे चेंज करूँगा और देखूँगा बेस्ट करंसी जो है इस टाइम कौन सी चल रही है तो यहाँ पे एक्चुअली आपको जो है करंसियाँ जो है चेक करते रहना है तो यहाँ पे जो है हम कुछ एंडिकेटर एक्टिव करेंगे तो पहले तो गाइस मैं आपको बता दूँ फेरा ये तो सबसे ज़्यादा जो है मेरा फेवरेट है आप जानते हो काफ़ी वीडियो में जो है मैंने दिखाया है ठीक है उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ सी ठीक है ये भी डिफ़ॉल्ट ही जो है मैं सेटिंग कर रहा हूँ ठीक है और गाइस और फेरासिटाल हो गया है और एक मुझे और लेना है पैराबोलिक सार जो है ले लेता हूँ ठीक है तो एक्चुअली मैं आपको पहले तो इनकी जानकारी जो है थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा आप लोगों को जो है बताना चाहूँगा देखिए ये जो फ़ेरा सिटाल है आपको बता दूं अगर ये ऊपर से निकलता है तो मार्केट जो है आप देखोगे नीचे की तरफ जाती है अगर नीचे से निकलता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है सी अगर आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से तो यहाँ से जो है ये अगर आप देखोगे अट्ठावन जो है अभी प्लस चल रही है नॉर्मल चल रही है और हंड्रेड माइनस ठीक है इसके बीच में जो है और ऊपर चलती है तो यहाँ पर नंबर बढ़ते घटते रहते हैं ठीक है थीके? और आप यहाँ पे देखेंगे ये मैं आपको बता दूं पैराबोलिक सार जो है ये पैराबोलिक सार इसे जो है ये है पैराबोलिक सार जो है ये है अगर ये नीचे से चलती है तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर से जो है आती है तो मार्केट जो है नीचे की तरफ चलती है तो अगर हम यहाँ पे अब देखें तो एक्चुअली यहां से जो है फ़ेरा सिटान ने जो है नीचे की तरफ जो है एंडिगेट किया था और ये कैंडल जो है नीचे की तरफ आया है और उसके बाद जो है मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ जो है चल रही है फ़ेरा सिटान ने अभी कोई एंडिगेटर नहीं दिया है अगर आप यहां पे देखोगे मैं आपको बता दूँ पेराबोलिक सार ने जो है एंडिगेट जो है दे रखा है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी ठीक है और यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ और यहाँ पे CCI सी आई आप देखेंगे चुरानवे जो है प्लस में चली गई है तो एक्चुअली जो है यहाँ पे अब मैं जो है रुक जाता हूँ और इसलिए रुक जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रीन जो है कैंडल्स की बजाय रेड निकलना शुरू हो गया है तो यहाँ पर जो है हम ट्रेडिंग जो करेंगे गाइज़ कुछ जो है थोड़ा सा ध्यान में रख के करेंगे एक्चुअली हम ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पर पैंतीस सेकेंड की क्योंकि डेढ़ मिनट डेढ़ मिनट तक की जो है ट्रेडिंग होती है लेकिन हम एक 35 जो है सेकंड की जो है ट्रेडिंग करेंगे और उसके बाद जो है एक ट्रेडिंग करेंगे पूरी जो है डेढ़ मिनट की ठीक है आप देखेंगे किस तरीके से जो है होती है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो है टाइमिंग चल रही है यहाँ पर जो है मैं अमाउंट बढ़ा लेता हूँ सात जो है कर देता हूँ यहाँ पर जब जो है पाँच सेकेंड रह जाए देखिए मार्किट का जो है रुख जो है चेंज हो चुका है और जैसा कि मैंने कहा था ये कैंडल जो है कटना शुरू हो गया है ऊपर से और नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे जब 5 सेकंड जो है रह जाएंगे ना तब जो है हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो एक्चुअली 5 सेकंड रह गई हैं हमने ट्रेडिंग कर ली है नीचे की तरफ और अब जो है एक ट्रेडिंग हम यहाँ पे कर देते हैं गाइज जो है ऊपर नीचे की तरफ तो एक्चुअली जो है हमने यहाँ पर दो ट्रेडिंग की है पहली ट्रेडिंग जो है सात सौ रुपीज़ की, की है नीचे की तरफ और दूसरी ट्रेडिंग जो की है वो की है 1500 रुपीस की वो भी की है नीचे की तरफ तो अब इसका जो है आप बोलोगे कि भाई इसका क्या बेनिफिट है तो बेनिफिट अब आप देखना क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है मुझे ये लग गई थी कि नीचे की तरफ जाएगी एक परसेंट बोलता हूँ कि अगर लॉस हो जाती देखिए ये जो है सात सौ वाली जो है हमें जो है बेनीफिट में चली गई है अब ये जो हमारी जो है आ, एक पंद्रह सौ रुपीज़ वाली थी बाय चांस गलती से यह मैं आपसे बोलूँगा किसी भी कारण जो है कैंडल्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो गाइज़ हमने जो है नीचे की तरफ ये डेढ़ मिनट की ली थी तो इसमें हमारा काफ़ी जो है चांस था इसे रिकवर करने के लिए यानी कि जो हमारे सात सौ रुपए जो है लॉस हुए हैं वो जो है हमें इसमें रिकवर हो जाते जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे ये यह यहाँ पे रह जाता कैंडल्स और फिर जो है मुझे तो ये पता था क्योंकि फेरा सिटान ने भी अब जो है यहाँ पे आप देखेंगे जो है एंडिगेट कर दिया है कि मार्केट जो है डाउन की तरफ जाएगी और ये पैराबोलिक सार थोड़ा सा लेट करता है मैं आपको ये बता दूं अगर आप पहले ही समझ जाओगे लेकिन इसे फिर भी जो है एक्टिव करके जो है मैं रखता हूं आप भी जो है एक्टिव करके रखें इससे जो है पिछला जो है आपको पता रहता है लेकिन जब दो तीन कैंडल्स निकल जाएंगे तब जो है आपको ये फेरासिडा जो पेराबोलिक सार है तब जो है ये एंडिगेट करता है तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में जो है एक्चुअली मुझे बेनिफिट हुआ है और बेनिफिट गाइज क्यों हुआ है बेनिफिट ये न्यू हुआ है कि मैंने जो है सही तरीके से जो है मार्केट को देखा है देखिए ये पैरा जो आपका जो है मैं आपको बता दूँ सार ये जो है अब यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है अप डाउन की तरफ जाने वाली है तो गाइज़ हमने ना आपको ट्रेडिंग करके इस वजह से दिखाई है कि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट होता है प्रॉफिट गाइज तब होता है जब आप सही तरीके से जो है सीख जाते हो तो जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक जो है आप जीतोगे नहीं तो मैं आपसे एक चीज़ बोल सकता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्सन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है आप उसमें जॉइन हो सकते हो आप इस ग्रुप में आ सकते हो